से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कि आप जीरो पर लाइक ऑप्शन कैसे क्या है दोस्तों में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप जीरो पर लाइक ऑप्शन कैसे कुछ नहीं करना को बिना स्किप करके पूरा देखना है एंड तक एंड दोस्तों तो मैं आपको पूरा लाइव वो बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेगा लाइव ऑप्शन एंड दोस्तों तो आपको क्या करना होगा तो दोस्तों आपको एक फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों उस फॉर्म की लिख आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ से उस पर क्लिक करके आप उस फॉर्म पर वो जाओ जहाँ जो आपको भरना था तो दोस्तों में आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा आपको उस फॉर्म में क्या भरना है दोस्तों कैसे भरना दोस्तों आपको एकदम अच्छे से भरना उस फॉर्म को एंड दोस्तों उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी जैसे मैं आपको एक चीजें बताऊँ आपको वैसे ही भरना आपको मोज ऐप पर एंड दोस्तों पर आपको लाइव ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों मेरे को भी तीन दिन में मिल गया था दोस्तों दोस्तों मैंने उस फॉर्म को चार पहले भरा था दोस्तों एंड दोस्तों आज मुझे लाइव ऑप्शन मिल चुका दोस्तों मैंने सुबह ही देखा था दोस्तों मुझे लाइव ऑप्शन मिल चुका है एंड दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि ये कोई एक फॉर्म नहीं है दोस्तों एकदम रियल तो मैं आपको ये भरना है दोस्तों इसको भरने बाद आपको 100% परसेंट लाइव ऑप्शन मिल जाएगा एंड दोस्तों आपको एक भी फॉलोवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आप जीरो फॉलोवर्स पर लाइव ऑप्शन ले सकते हो तो दोस्तों बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा इंटर देखना चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तो मैं पर दोस्तों में आपको लाइव को पकड़ दिखाऊंगा दोस्तों देखिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका है एंड दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप मोज लाइट एप पर एंड दोस्तों मोज एप पर लाइव ऑप्शन कैसे मिलेगा दोस्तों देखिए मुझे मोज लाइट प्लस एप पर लाइव ऑप्शन मिल चुका है दोस्तों एकदम मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं दोस्तों तो देखिए मैंने मोज लाइट प्लस ऐप ओपन कर लिया है दोस्तों देखिए मेरे थर्ट के फॉलोवर्स है यहाँ पर एंड दोस्तों दोस्तों दोस्तो देखिए मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर आपको दिखा देता हूँ एंड दोस्तों ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे साइड में लाइव बीटा ऑप्शन दिख रहा दोस्तो, सकते है दोस्तों सबसे मुझे लाइव ऑप्शन मिल चुका है दोस्तों देखिए स्क्रीन पर साइड पर शो तो हो रहा है तो चलिए दोस्तों आपको भी कैसे मे लेना है दोस्तों आपको कैसे मिलेगा दोस्तों मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा तो मैंने आपको मोज लाइट एप दिखा दिया मुझे यहाँ पे मिल चुका है लाइव ऑप्शन एंड दोस्तों देखिए मोज ऐप भी दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं मिला दोस्तों अभी यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा दोस्तों मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों देखिए मेरे सेवन हंड्रेड इसके फॉलोवर्स हैं कुछ ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है एंड दोस्तों आपको जीरो फॉलोअर्स पर मिलेगा एंड दोस्तों देखिए मैं आपको प्लस आइकन पर आकर दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए मुझे यहां पर लाइव ऑप्शन नहीं मिला है तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूं फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों आपको लाइव ऑप्शन कैसे मिलेगा तो दोस्तों दोस्तों तो आपको फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ से उस फॉर्म को ओपन कर लेना है दोस्तों देखिए मैंने ये फॉर्म ओपन कर लिया है दोस्तों आपको भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों आपको ये फॉर्म ओपन कर लेना एंड दोस्तों अब आपको इस फॉर्म में क्या भरना है वो भी बता देता हूं तो दोस्तों देखिए फर्स्ट सबसे फर्स्ट में आना आपको यूनिक यूनिकार्ड नेम डालना है सी बाई दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया सी बाई एंड दोस्तों देखिए आपको अपना लाइव आपको लाइव स्ट्रीमर नेम में आपको अपना नाम डाल देना दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया एंड दोस्तों आपकी सिटी कौन सी है दोस्तों आप, आपको अपनी सिटी डाल दें दोस्तों देखिए मैं अपनी सिटी डाल देता हूँ तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे अपने सिटी डाल लेता हूँ दोस्तों देखिए मैंने अपने सिटी एंड स्टॉट डाल दिया एंड दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे ये यह सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा हूँ एटीन टू 30 तो दोस्तों आपको ये डालना है दोस्तों आपको एट्टी माइनर ना डालना है दोस्तों आपको एट्टीन प्लस ही डालना तभी जाकर आपको लाइव ऑप्शन मिलेगा दोस्तों वरना नहीं मिलेगा एंड दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको मोज लिंक डालना है दोस्तों देखिए आपको मोज लिंक कैसे मिलेगी तो दोस्तों आपको देखिए मोजेप ओपन कर लेना है तो दोस्तों देखिए मोजेप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों प्रोफाइल वो ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करना है दोस्तों सेफ प्रोफाइल पर आना है आपको शेयर प्रोफाइल पर आने के बाद दोस्तों देखिए ये ऊपर लिंक आ रही है दोस्तों आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों आप किसी को शेयर करके वहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हो दोस्तों देखिए तो दोस्तों देखिए मैंने वहाँ से कॉपी लिंक, लिंक, लिंक कर ली है मोज आईडी की तो दोस्तों देखिए मैंने मोज आईडी की लिंक कॉपी कर ली दोस्तों आपको यहाँ पर आ कर कर लेना उसको दोस्तों यहाँ पर पेज कर देना एंड दोस्तों आपको एक और लिंक डालना दोस्तों आपके इंस्टाग्राम आई डी के लिंक डालने दोस्तों आपको देखिए वापस से आना है बेक एंड दोस्तों आपको अपने Instagram आई ओपन कर लेना दोस्तों देखिए मैं अपने Instagram ऐप ओपन करके एंड दोस्तों देखिए मैंने अपने Instagram आई ओपन कर ली तो दोस्तों मुझे आपने यहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो दोस्तों फॉलो कर लेना दोस्तों तो ये मेरी Instagram आई है दोस्तों देखिए आपको शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करना एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आया आपको यहाँ से कॉपी कर लेना एंड दोस्तों देखिए मैं बेक आ गया एंड दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक पर दोस्तों यहाँ पर डाल दिया मैंने एंड दोस्तों अब मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स हैं तो दोस्तों में वो भी डाल देता हूँ दोस्तों देखिए मैंने ये अपने फॉलोअ डाल दिए एंड दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे नो कर देना दोस्तों आप कोई भी एप पर लाइव नहीं चलाते हो दोस्तों तो आपको दोस्तों यहाँ पे नो कर देना आप चलाते हो तो तब तो भी नो कर देना आपको एंड दोस्तों आपको देखिए आप मेल हो तो मेल करना एंड दोस्तों फीमेल है तो फीमेल कर देना दोस्तों तो में मेल कर देता हूँ यहाँ पर जेंडर में एंड दोस्तों लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना दोस्तों मेरी हिंदी लैंग्वेज है तो दोस्तों मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों देखिए मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली एंड दोस्तों आपको डेमोग्राफी में आपको आप जो भी हो सेमी अर्बन हो या अरबन हो या रूर तो दोस्तों मैं अरबन कर देता हूं दोस्तों मेरा आपको ये तीनों में से एक कोई कर देना दोस्तों एंड दोस्तों आप के टूगे आपकी जो रील्स आप जो बनाते हो वीडियोज़ मौजे पर तो दोस्तों आप वो करते हो एक्टिंग करते हो दोस्तों डांस की बनाते हो दोस्तों जिस तरीके से आप बनाते हो उस आपको यहाँ पर डाल देना दोस्तों मैं यहाँ पर लिपसिंग कर देता हूँ दोस्तो दोस्तों लिपसिंग एंड एक्टिंग कर दी दोस्तों मैंने देखी यहाँ पे दोस्तों आपको भी कर देना आपकी कैटेगरी डाल देना दोस्तों देखिए मैं लिपसिंग एंड एक्टिंग कर दी एंड दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना दोस्तों एंड दोस्तों देखिए दोस्तों आपको नंबर डाल देना अपना एंड दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी कमेंट करना दोस्तों कमेंट कर देना दोस्तों में यहाँ पर नो कर देता हूँ एंड दोस्तों फिर आपको कुछ नहीं करना आपको इतना भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट कर देना दोस्तों देखिए मैं सबमिट वे बटन पर आ जाता हूँ एंड दोस्तों सबमिट कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए मैंने सबमिट कर दिया एंड दोस्तों ये देखिए दोस्तों मेरा सबमिट हो चुका है दोस्तों तो आपको सबमिट कर देना एंड दोस्तों आपको तीन से चार दिन में आपको ये मिल जाएगा तो दोस्तों आप भी मोजे से पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल करिए एंड दोस्तों सबमिट करिए दोस्तों इसको सबमिट करने के बाद आपको लाइव ऑप्शन मिलेगा एंड दोस्तों आप लाइव ऑप्शन चलाकर पैसे ले सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सबक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जैन बंदे माथन